हेलो गाइज मेरा नाम है रीतू रेखा अब मैं आज बनाने वाली हूं ऑयल पेस्टल से एक अमेजिंग ड्राइंग अगर आपको ये ड्राइंग अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा तो चलो बनाते हैं तो गाइस मैंने बना लिया है पर ये जो जुमान है रन का सिर रहा चंदा से बाहर निकल गया है मैं अगली बार कोशिश करूँगी फिर भी आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आए तो तो इस आज के लिए इतना ही काफ़ी है तो बाय बाय